के इतिहास से जुड़े रोचक तथ्य एवं जानकारी जो आपका ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ आपको हैरान भी कर देंगे तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना फैक्ट नंबर वन जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की जानकारी के अनुसार अठारह तक भारत दुनिया के लिए हीरे का एकमात्र स्रोत था फैक्ट नंबर टू प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से माल लेकर यूरोप में व्यापार करती थी फैक्ट नंबर थ्री मानव इतिहास में 5000 साल पहले केवल एक ही हुआ करता था और वह था चेचक बोनसन सन 2000 में कलकत्ता का नाम आधिकारिक रूप से कोलकाता रखा गया था मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक तो के लिए बाई